जब से राधा श्याम के हुए हैं चार श्याम बने हैं राधिका राधा बन गए श्याम मुझे रास आ गया है तेरे दर्प सर झुकाना मुझे रास आ गया है दर दर सर झुकाना तुझे मिल गया पुजार मुझे मिल गया ठिकाना इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना मेरे जिंदगी के महान कहे तुम बदल जा बली वाला मेरा याद है काली कुली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो काली कुंबली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है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 वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कुंबली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे श्याम सलोने मे श्याम सनो ने श्याम सनो तू मेरी पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो काली कंबली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है आशा दर्ज दिल दर्शन को प्यासा दर्द दिल दर्शन को प्यासा श्याम सलोने श्याम सलोने श्याम सलोने, सलोने तू मेरा रिजिबाद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है